इस यार मेरा ही ना तो, ना तो गैस इस तरह का स्टेटस एडिट करने के लिए अलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगा अगर आप लोग के पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो में जो मटेरियल यूज करूँगा वो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और गए जो कि डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड करना नहीं जानते मेटेरियल मैं फुल वीडियो बना के रखा हूँ वहाँ से आप लोग देख लीजिए इसमें इसके आप लोगों को लाइट मोशन ओपन करना है और फिर करने के बाद गए आप लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्ट में जाना है आप लोगों को सोंग विटमार प्रोजेक्ट और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद गए लोगों को सोंग विटमार प्रोजेक्ट को आप लोगों क्लिक करना होगा यहाँ से मैं सोंग का जो कि वीडियो बना के रखा रहूँगा तो आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है तो मैं फोटो को जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से फर्स्ट फोटो फर्स्ट फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ से सेकेंड बीट तक आना है रेड मार्क तक इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ऊपर थ्री दिख रहा है क्लिक करना होगा फिर कॉम्पोजिशन एरिया करना है करने में वैसे आप लोगों को एक पिक को क्लिक करना है ब्लाइडिंग ऑपर सिटी के जाना है यहाँ से फिफ्टी परसेंट कर लेना है करने ज्यादा निकल से से कट कर देना है इसी तरीके से आप लोगों को सभी फोटो को जो कि सेलेक्ट, से इस सेलेक्ट, तो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से मैं सभी फोटो जो कि सेलेक्ट कर लिया अब बारी है इसमें इफेक्ट ऐड करने का इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को बैक आना है से इफेक्ट प्रोजेक्ट पे जाना है यहाँ से जो कि फर्स्ट फोटो को क्लिक करना है इफेक्ट्स में जाना है थ्री पे क्लिक करना यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है कॉपी होने के बाद आप लोग को बैक आना है सोमीट मारोजेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ से नीचे जाना है फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है इफेक्ट पर जाना है थ्री रोड क्लिक करना यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है फिर से आप लोगों को बैक आना है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर जाना है यहाँ से जो कि सेकेंड वाले फोटो क्लिक करना है यहाँ से इफेक्ट जाना है थ्री टूट क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है फिर से आप लोग बैक आना है सॉन्ग सॉन्टमार प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है यहाँ से आप लोगों को सेकेंड फोटो क्लिक करना है इफेक्ट भी आना है थ्री टूट क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है फिर से कैसे आप लोग को बैक आना है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर जाना है यहाँ से थर्ड वाले फोटो क्लिक करना है है है है तो शुरी शुरी है, है।, है।, है। क्लिक करना ऐसे कॉपी बैक इफेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे पे जाना एक फोटो को छोड़कर तीसरे वाले फोटो को क्लिक करना है आप लोगों को तो मैं जो कि एक फोटो छोड़कर सभी मेक इफेक्ट लगा दे रहा हूँ इफेक्ट लगाने के बाद जैसे आप लोगों को बैक आना है यहाँ से पे है। एंड में जाना है जो कि चौथे वाले फोटो को क्लिक करना है इफेक्ट्स बनाए थी क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स कर लेक आने का प्रोजेक्ट पे आना है यहाँ से जो कि एक फोटो आप लोग छोड़े थे उसमें क्लिक करना है फोटो करना है पेस्ट इफेक्ट्स कर देना है आप लोगों को फर्स्ट कर करना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया आप लोग कोई ब्लैक वाला टैबलेट दे दूंगा, तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को ब्लैक टैम्पलेट को क्लिक करना है ऊपर चलेन क्लिक करना है इससे फिर कॉपर जैसे एरिया कर लेना करने के बाद ब्लेंडिंग ऊपर सीट पर जाना है लाइटें में जाना है इसे स्क्रीन कर लेना है करने के बाद वैसे आप लोगों को जो कि सेकेंड वाले बीट तक जाना है इधर बाकी के पार्ट ब्लैक टैंपलेट का इधर से कट कर देना है तो गई जो कि हम लोग का वीडियो बन के तैयार हो गया वीडियो को एक्सपर्ट करने के लिए गई यहां से ऊपर सेटिंग के वगैरह क्लिक करना हो यहाँ से वीडियो के एक्सपर्ट कर देना अगर वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन और सेट कर देना ऐसे ही नीटूट तो और खाने के लिए मिलते है कोई हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर